कि चुप हूं इसलिए कमजोर समझ रहे हो कि चुप हूं इसलिए कमजोर समझ रहे हो बेटा याद रखना हथियार कितना भी पुराना हो जख्म ताजा देता है